अरे बेगाम चार कप बनाना चाहे मलाई मार के की डाल दो डाल डाल दो डाल डाल डाल दो खीरा दो। अरे बहन की घोड़ी लोहरा लसन अदरक सब डाल दे उसमें और हाँ गाल फाड़ दे चाय की ले मैं आ रही हूँ मुझे भी डाल दे इसमें धनिया तक ठीक था खीरे डाल खीरे हाँ तो बेटे चाय पियोगे तीन। ऐसे ना मैं मैं अंकल पूरी। तो ठीक है तीन कप बना ला, दो इनके लिए लिए। एक मेरे लिए। इसकी कहानी फटवा दू आज अरे अंकल वो माजिश नहीं मिल मिलते जरा नाजिन की जेब में से लाइटर निकालना लाइटर हाँ अंकल बाई वाली जेम में पिता? अरे अंकल मेरी आपकी की कसम मैंने बस ये रात को मोर्डिन जलाने के लिए ले रखा मोर्डिन लगाना तो अच्छी बात है अरे वो लगा लगा नहीं लगा मेरा अरे एक साल हो गया मेरी दुकान को लेटे हुए अगर वो तीनों मेरे सामने आ गए ना उनकी बहन की चूड़ियों की दुकान यहीं लगा दूंगा अरे वो कभी मेरे सामने आगे बैठे तो सही हाँ हाँ मुंडी चार ही लगा देता नहीं अंकल तो तो ये जेब से धुआं कैसे निकलना आपने बात ही दिल जलाने वाली करी है धुआं निकलेगा ना दिल में से नाजिम चली यहाँ से यार ये तो सॉरी बेटा मेरे वजह से आपका दिल जला